हाय फ्रेंड्स मेरा नाम है मिलाल अहमद और आप रहे हैं और आप देख रहे हैं आज मैं आपको बताऊँगा कि कैनवा डॉट कॉम कौन सा सॉफ्टवेयर है क्या चीज़ है इसमें यूट्यूब थमिल बनता है क्या बनता है तो अगर आप मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सबसे सबसे पहले हम जाएंगे अपने क्रोम पे सिंपल ऊपर गूगल पे, पे सर्च करें canva .com, ये canva का पेज आपके सामने खुल जाएगा जैसे ही का पेज आपके सामने भी भी खुलेगा ये आपके सामने ये ये आ जाएगी चीजें आपको कुछ भी चाहिए इसके ऊपर ये आप पे ऐसे ही करेंगे तो आपके सामने ये सोशल मीडिया के जा बारे में इंस्टाग्राम स्टोरीज इंस्टाग्राम पोस्ट फेसबुक पोस्ट यूट्यूब आर्ट इन्विटेशन कार्ड बिजनेस मार्केटिंग एजुकेशन बहुत कुछ है बहुत कुछ कुछ पेड होता, होता, होता, होता, होता है लेकिन जो आपके, आपके काम की फ्री फ्री आप कुछ, कुछ भी सर्च कर सकते हैं जैसे आपको कोई लोगो चाहिए यूट्यूब चैनल का लोगो चाहिए अब लोग सर्च करें ये लोगो आगे आपके सामने जैसे ही आप लोगो सर्च करेंगे बहुत सारे लोगो आपके सामने आ जाएंगे थाउजेंड्स ऑफ लोगोस आपके सामने आ जाएंगे कुछ पेड होंगे कुछ फ्री होंगे तो जो फ्री होंगे आपने वही यूज करने हैं पेड यूज अगर आप करेंगे तो आप डाउनलोड नहीं होगा आपका नहीं, ये आपका लोगो डाउनलोड नहीं होगा आपके सामने ये लोगो गए ये कुछ ये जिनके ऊपर लिखा हुआ ये पेड है ये प्रो हैं ये, थ्री, आ, थर्टी तो ये है है डेज का होता कोई भी आप इसमें से देख सकते हैं कलर आपको चाहिए तो कलर लिख सकते हैं इस तरह में आपको एक लोगो ऐड एड करके जाता ही आपने लोगो पर क्लिक किया ये आपके सामने एक पेज खुल जाएगा ये लोगो का पेज खुल गया आपके सामने इधर आप कोई भी अब आप ये आप, सामने खुल गया आप, कोई चाहिए, कोई चाहिए। आप किसी गेमिंग चाहिए करना चाहते हैं आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कंट्रोल ए आपने प्लस करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा आप उस पर कुछ भी लिख सकते हैं जैसे लिखता हूं ट्वेंटी ट्वेंटी टू इधर तो आप लिख सकते हैं आप इसका साइज़ तो कुछ और लिखना चाहते हैं ये कोई कलर इसका चेंज हो सकता है अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो टी सी एच जैसे मानिए ज्यादा बड़ा हो गया टी लिखना चाहते हैं पी लिखना चाहते हैं कुछ आपका लिखा जाएगा ये ऐसे आप, आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी टैक है ये नीचे आ जाए ये हो गया अगर आप बैकग्राउंड कोई लगाना चाहते हैं तो अगर वैसे आप इसका कलर इस ये तो नहीं आ जाए तो आपक करें फोटो ऑडियो चार्ट्राउंड आपने क्लिक किया कोई आपको बैकग्राउंड चाहिए ये बैकग्राउंड चाहिए तो ये आपका बैकग्राउंड पीछे लग जाएगा ये जैसे आपका बैकग्राउंड पीछे लग जाए ये आप बैकग्राउंड लाना चाहते हैं तो अगर आप कुछ और आपको बात बता दूंगा आप फ्री ही यूज कर रहे, रहे हैं उसके अलावा कोई और यूज नहीं कर रहे फ्री अगर पेड यूज करेंगे तो आपका नहीं होगा कोई भी जाते जाते आप इधर कलर कर लें ब्लैक कर लें इसको जो मर्जी कलर दे रहे इसको ऊपर उठा के ऊपर नीचे कर लें आप अपलोड अगर आपकी कोई अपनी हूँ ये छोटा बड़ा कर लेटिंग हो जाएगी कुछ भी हो सकता है अगर कोई भी आपको कोई चीज सपा आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता मैं, मैं आपको ये मसाए हल करूंगा जो आपको वीडियो चाहिए तो वो मैं लाऊंगा आपको हेडिंग देना चाहते हैं इधर उसको ये आनी चाहिए इस कलर में आनी चाहिए तो इस कलर में आ जाएगी कोई भी हैडिंग कुछ भी देना चाहते हैं आपको कोई, कोई कलर का स्टाइल चाहिए येगा ये, ये स्टाइल है ये, ये ये जो तो तो है उसके बाद अगर आपका ये कम्पलीट हो गया है जैसे यूट्यूब का लोगो भी है अगर आपको ये कम्प्लीट हो गया तो आपने सिंपल शेप करना है आपने पी एन जी है अगर आपका वैसे तो आपको ये चाहिए पीएनजी किया यहां पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद अगर आपको कोई और चीज दिख रहे हैं तो सिंपल होम में आए होम में आके कोई आप थामिल देखना चाहते हैं जैसे क्रिएटर डिजाइन पर क्लिक करेंगे video, post, logo, art, आपको मिल जाएंगे, बहुत कुछ, कुछ है कुछ नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे इसके सब कुछ दिखा देगा कुछ भी आप देखना चाहते हैं आपने प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं कोई भी चीज देखना चाहते हैं तो आप अगर आप कोई चीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों पर कॉमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा अभी ये प्रेजेंटेशंस आप एक वीडियो देख सकते हैं सोशल मीडिया कोई भी चीज ऐड हो सकती है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्लस कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग सब्सक्राइब और चैनल 2022 मोर वॉचिंग